सभी को मेरा नमस्कार अप्रैल 2019 का राशि से, से रिलेटेड कुछ दिक्कत आई थी तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा आगे से की आप लोगों को जो राशिफल की वीडियो क्वालिटी है ये आप लोगों को ठीक मिले कुछ हमारी कमियां थी इसके लिए आप लोगों से हम हमारा जन्म के के अधार राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर है जन्म राशि प्रधानमंत्र नाम राशि न चिंतित तो जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शक आगे बढ़ते हैं लखनऊ क्षेत्र मान है। और, और इलाहाबाद बैंक में है, की पे है। इनका इंटरव्यू था और ये हमसे एक वर्ष पहले मिले थे काफी परेशान थे कुछ पारिवारिक स्थिति भी थी क्योंकि सारा जो है परिवार का बोस्ट जो है सचिन जी उठाते हैं तो इनका कुछ तो प्रमोशन का चल रहा था फाइनली आज उनको प्रमोशन मिल गया तो सबसे पहले आप सभी दर्शक बधाई दीजिए कांग्रेस करिए और डेली हमारा राशिफल वो सुनते भी हैं और हमने एक आज कॉम्यू टाइम में जो है डाला भी था स्क्रीन शॉट तो ंग बताते हैं लखनऊ को मानक मान कर उपराहु का नक्षत्र इसके उपरांत शुभ योग रहेगा करण रहेगा तैतिल करण रहेगा और सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर बारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 17 पर। गाले कैसा गाले कैसा समय कि आप लोगों को को शुभ नहीं करना है तो सोमवार के राहुल साढ़े सात से नौ बजे तक रहेगा यदि आपको शुभ कार्यो को करना है तो बारह बजकर 10 मिनट से और बारह बजकर पैतालीस मिनट के मध्य में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि जो मसूर, है, मसूर का सेवन भी नहीं करना चाहिए और सेवन नहीं करना चाहिए सोमवार के यदि हम दिशा की बात करें पूर तो पूर्व दिशा जो यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो तो आप लोग तो दरपण देख करके मीठा खा करके मिश्री वगैरा खा करके तब यात्रा करिएगा आपकी यात्रा सफल तो अगर हमारी छेठ भाषा में सुने तो कुल मिलाकर के बात बात में आज आपको अत्यधिक क्रोध आएगा जिससे आपका कार्य जो है बनता हुआ कार्य आज आपका जो है बिना नहीं लगेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी वाड़ी पर अगर कुछ संयम रखना है नियंत्रण रखना है नौकरी व्यापार के स्थान या घर में किसी को दुख न पहुंचाइए क्षति न पहुंचाइए ऐसी हम आपसे कामना करते हैं के जातक कि आज के दिन इनको भी उपाय के तौर पर अधिक से से सेवन करिए और यदि तो एक सौ आठ बार आपको छपना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आज व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा वृषभ राशि के लोग चलते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए आज का दिन तो के किसी का हैं, किसी नए कार्य का प्रारंभ न अन्य बड़ी दिक्कत आएगी यात्राओं से आज, आपका आज, या को तो आज कोई भी काल में आप हाथ डालेंगे तो पूर्ण होता हुआ नहीं आएंगे मानसिक शांति आपकी भंग हो सकती है वही जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद आज होता हुआ नजर आता है तो तो के के आज आज का दिन शुभ बनाने लिए प्रयोग क्या करना है तो आज आपको ओम नमः शिवाय की एक माला आपको भी जपनी है लेकिन आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और वहीं पर बैठ के एक रुद्राज की माला से एक माला इस माला का जाप करिए कोशिश कीजिएगा कि की आज आप लोग अपनी वाली पर बिल्कुल सही और महिला वर्ग की जितनी करेंगे उतना लिए ठीक रहेगा। कलर की हम बात करें तो चलते हैं मिथुन राशि की ओर लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें दिनांक उन्नीस बीस इक्कीस तारीख को उज्जैन में और इंदौर में हमारा प्रवास है तो जो भी इच्छुक दर्शक है देखिए कोई कोई आप आप लोगों के ऊपर जोर नहीं तो तो तो नहीं नहीं है तो नहीं तो है यदि यदि इच्छुक हैं तो आइए कुंडली का करवाइए और बात चलते हैं तो आज का दिन आपका अच्छा दिखेगा व्यापारी वर्ग को कुछ अपेक्षित लाभ का दिख रहा है सामाजिक रूप से आज सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने का दिन है दर्शकों आज परिवार जनों के के साथ आप घूमने फिरने के लिए बाहर बाहर जा सकते हैं बाहर का प्रवास है लंबी दूरी की यात्राएं भी होगी विद्यार्थी वर्गो को, को कुछ आप लोगों को खुश खबरी मिलती हुई नजर आएगी यदि तो आपने कोई उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर आज आपके लिए अच्छी खबर मिल सकती है सुनने को उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा तो चालीसा का आप लोग करिए और यदि तो तो तो नंबर दिया है और हम इस समय लाइव है तो आप लोग फोन कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कर्क कर राशि की ओर पढ़ते हैं तो आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता प्रदान करने वाला रहेगा के के साथ आज समय आपका बीतेगा का, आवश्यक कार्यों में खर्च होगा फिर भी लाभ लिए दिन अच्छा है नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज आपके ऑफिस में जो वातावरण रहेगा ये आपके बिल्कुल अनुकूल रहेगा उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे आज आपकी बातों को बैलू दी जाएगी जो भी आप कहेंगे हामी भरेंगे और आज कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुए दिख रहे हैं जो व्यापारी वर्ग विशेषकर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए भी आज कोई प्रोजेक्ट पास होता हुआ दिख रहा है संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगी हो सकता है कि उनका रिजल्ट सकारात्मक मन आपका बड़ा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कवि के जातकों को तो आज देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि लोगों को कुछ या फिर स्नान करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा अंक छह राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा है आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए तो आज के दिन शारीरिक एक फोन आ गया है उठा लेते हैं हलो हलो हाँ जी डेट कब टाइम और प्लेस बताइए जी जी टाइम क्या है अट्ठारह बीस जन्म स्थान कहाँ का है अच्छा जी नौकरी ये करेगा ये बहुत तेज तर्र आपका बालक है बहुत तेज तर्र है किसी के आगे ये छुटता नहीं है और बहुत जिद्दी है जी देखिए जॉब के लिए अभी आप टाइम है इनका अभी इसको पढ़ाइए आप सरकारी नौकरी का योग है बिल्कुल है पुलिस से रिलेटेड सेना से रिलेटेड किसी उच्च पद पर ये बालक जा सकता है 2023 के बाद हमको दिख रहा है सूर्य को नित्य अर्घ दिलवाइए सिंह राशि चलते हैं तो सिंह राशि के जात को आज के दिन आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आज आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति रहेगी संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेंगे मित्रों के साथ जो तो भेंट रहेगी बहुत ही आनंदमयी रहेगी धार्मिक का कार्य आज नजर आएंगे इसके साथ आज कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आएंगे और आज राजनीतिक लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है यदि कोई आपके विरोधी है तो परास्त होते हुए नजर आएंगे तौर पर को करना कैसे तो तो तो करना है हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और ना भी ध्यान करिएगा एक बात और बताएंगे देखिए अप्रैल माह का राशिफल पड़ गया है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और अप्रैल माह के राशिफल में हमारे सारे राशि फल देख सकते हैं एक और उपायों को बता रहे सिंहराज के को आज जी पर आपको मलयागिरी चंदन से अभिषेक करना रहेगा उसके बाद जल आदि आप लोग ये प्रयोग कर लीजिएगा शुभ शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा अंक पांच स्वास्थ्य कुछ घुटलेगा किसी भी दस्तावेज पर कर हस्ताक्षर करने से पहले आज आपको भली भांति उसका परीक्षण करना रहेगा अत्यधिक धन खर्च होगा कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज आप लोग गजट परचेज करते हुए नजर आएंगे किसी हमान का आगमन आपके यहाँ हो सकता है खान पान पर आज आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातको आज आप लोग में आप लोगों को दूध चढ़ाना रहेगा और शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज रेड कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक आठ पढ़ते हमारी अगली राशि तुला राशि आती है तो तुला राशि के जातको भाई एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हेलो थोड़ा सा लाउड बोलिए आप आप लोग थोड़ा सा तेज करें। प्लीज लोगों से निवेदन नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए आज का दिन शुभ है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी आज आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे महान पद प्रतिष्ठा भी आज आपको प्राप्त होगी सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग शिव चालीसा का पाठ करिए और दूसरा सूर्य सूर्यदेव को अर्घ दीजिए शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक दो एक फोन कॉल लेते हेलो हाँ जी बोलिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल अपना डेट आपका टाइम और प्लेस बताइए छ अगस्त उन्नीस सौ सर फिर से बोलिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं तेरह तारीख तेरह तेरह अक्टूबर अच्छा तेरह अक्टूबर उन्नीस उन्नी अच्छा टाइम क्या है जी गुजराती है क्या थोड़ा बहुत जो थो है हिंदी के नंबर भी जाना करिए बताइए व्यापार आपका बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है आपके साथ कोई हुई है पैसों को लेकर के धन हानि बहुत ज्यादा दिखा रहा है ठीक है जी जी राहु और केतु के मंत्रों का स्वयं आप जाप करिए और हो सके तो सोमवार वाले दिन शिवजी पर आप दूध से अभिषेक किया करिए जी चलिए नकारात्मकता छाई रहेगी आज आपको रहे। रहे रहे आज आज दूर करना होगा धार्मिक कार्यो हो हेतु आज खर्च हो सकता है विद्यार्थियों के लिए आज का समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है यात्राओं का योग है महन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा जो भी जातक भूमि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या ठेकेदारी कर, कर, कर रहे हैं उनको कुछ नए दिख रहे हैं करना क्या रहेगा तो कुछ मत करिएगा सिर्फ ओम जूम सा एक मंत्र है इस मंत्र का यथा संभव जाप करिए और भ्राह्मी प्राणायाम आप लोग करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर ंग की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंग धनुराशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हाँ जी बताइए टाइम हाँ जी पता बुधवार दिन है टाइम बताइए साढ़े जी एक मिनट आप तो ऑलरेडी जो तो तो तो तो है किसी जॉब में आप हैं इस समय आपको जो है पहली बात तो एक काम आप काम करिए आप पुरीमा का व्रत उठाइए हाँ जी पुरीमा का व्रत बड़ा हितकारी रहेगा और एक नीलम पहन सकते हैं आप नीलम हाँ जी कोशिश कीजिएगा एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण पुनः करवा लीजिएगा हमसे या किसी और से क्योंकि नीलम पहनने से पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है वैसे तो इस कुंडली के अनुसार नीलम बहुत सूट करेगा आपको ठीक ियर अच्छा रहेगा टेक्निकल चीजों से जुड़े जुड़ा हुआ आप कोई काम करेंगे आपने पढ़ाई भी टेक्निकल ही होगी जी जी तो ठीक है तो आपको जॉब तो। सर गवर्नमेंट में थोड़ा सा थोड़ी सी बाधा है लेकिन आपको प्राइवेट जॉब भी मिलेगी तो बहुत अच्छे पैकेज मिलेगी बिल्कुल ठीक है जी चलिए दर्शको हमारी अगली राशि आती है धनु तो आज के दिन निर्धारित किए गए कार्य आपके पूर्ण होंगे मा लक्ष्मी की किताब आज आप पर रहेगी शारीरिक तथा मानसिक आज जो स्वास्थ्य है आपको पसंद करेगा किसी यात्रा स्थल पर प्रवास होने की संभावना है स्वजनों के मिलने से मन बड़ा आनंदित रहेगा और आज, आज आपके घर में किसी की किलकारी गुज सकती है कोई नया महमान परमानेंत आपके घर में आ सकता है बहुत आज, आज मिलता हुआ दिख रहा है माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आपको कष्ट रहेगा कुछ बजट आपका असंतुलित होता हुआ दिख रहा है जो भी जातक आज जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए है उनके लिए अच्छा दिन कोशिश कीजिएगा को। तो की कि अपनी हाइट के बराबर आज एक आप सफेद धागा ले लीजिएगा उसको हल्दी से आपको कलर करना है आपकी जितनी हाइट होगी एक सफेद धागा ले लीजिएगा उसको हल्दी में जो है डाल दीजिएगा और सूखने दीजिएगा उसके बाद पूरे हफ्ते अपने कलाई जो है मतलब कलाई कर उसको बांध के आपको रखना रहेगा भाग के आपके साथ रहेगा इसका आप लोग पाठ करिएगा कर सकते हैं या शिवलिंग के समझ कर सकते हैं शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज लाइट क्रीम कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक अंक आपका शुभ रहेगा चलिए दर्शिको हमारी अगली राशि आती है मकर राशि कृतिकोन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज मन थोड़ा सा स्वस्थ रहेगा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में धन होता हुआ दिख रहा है और और मित्रों के साथ रहे कि धन हानि कुछ आपके ऊपर लग सकते हैं का है। है। भी ज्यादा सफल नहीं होगी सफलता है है अपने वाड़ी पर आज आपको संयम करना रहेगा किसी से आप भेज सकते हैं दूसरों के में भाई अलग से ही निकल दी आज जीवनसाथी के साथ भी हुआ दिख रहा है भाइयों से आज आपको अपेक्षित सहयोग मिलता हुआ नजर रहा है उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो मकर राशि के जातको आप शिवलिंग पर आप लोग सफेद चंदन और तो उसके बाद दूध से अभिषेक करिए फिर वहीं पर तो रहे तो रहे कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है शुभ संकेत आपको मिलेंगे आज आपका जो लाभ है आपका जो आनंद है वो आपका बढ़ता हुआ होता हुआ, दिख रहा है नए कार्य कार्य के के आयोजन के लिए का प्रारंभ होगा सु, होगा व्यापारियों को व्यापार में में विशेष लाभ सामाजिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में आज आपको यश व की मिलेगी संतानों के साथ आज मेरी जो लक्षा रहेगा आज आपकी इनकम बढ़ेगी नई यात्राओं का योग बन रहा है और ये यात्राएं आपको बहुत कुछ लाभ देती हुई नजर आएगी तो कुंभ राशि के जो जातक रहेंगे उनको आज क्या उपाय करना रहेगा देखिए बड़े दे बुजुर्गों का आशीर्वाद और कोशिश कीजिए कि की दंडोत प्रणान करिए दूसरा आज आपको करना ये रहेगा किसी महिला को या किसी छोटी कन्या को आप कुछ मीठा जरूर खिलाई अगर आपके घर में आपकी बच्ची है तो उसको आप अपने हाथ से कुछ मीठा जरूर दीजिए शुभ की बात करें तो, तो उज्जैन में आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं प्लीज आप लोग फटाफट लाइक करिए इस वीडियो को शेयर करिए चलिए मीन राशि की ओर चलते हैं कैसा बनेगा आज का दिन तो नौकरी या व्यापार में आज आपको सफलता मिलेगी उच्च आज आपसे रहेंगे आज आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी व्यापार में आज आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता हुआ धन लाभ मिलता हुआ दिख रहे हैं यदि आपका पैसा फंसा हुआ है किसी के पास आपने उधार दिया अभी तक आपको नहीं मिला है तो आज के दिन यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको आपको प्राप्त होता होता हुआ हुआ दिख दिख रहा रहा है आज बड़ों से से से पक्ष की तरफ से, पिता के तरफ पिता पारि, पारिवारिक आनंद से आज आपका मन बड़ा उत्साहित रहेगा आनंदित रहेगा मीन राशि के जो हमारे जातक है इनको यात्राओं का योग मिल है और ये यात्राएं जो रहेंगी ये लाभ देने रहे हैं अविवाहित लोगों को, को।, तो को राम का आप लोग पाठ करिए दूसरा आपको करना ये रहेगा की अपने ऊपर से आज आप लोग सात काली मिर्च के दाने ले लीजिएगा और एंटी उतार लीजिएगा और उसको फिर कहीं पर जगह रख दीजिएगा कोई सुनसान जगह जाके चुपचाप तो रख दीजिएगा ये कार्य करिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा येलो कलर शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आज पर शुभ अंक रहेगा तो दर्शकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा आपको तो कमेंट के माध्यम से बताइए और आप हम तक जुड़े हैं आपका बहुत बहुत आभार चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं और लेकिन के शर्मा जी, जी हैं है, राम राम, राम रवि हैं तमाम दर्शक जो हमारे जुड़ गए हैं तो दर्शकों दीजिए अपने नमस्कार और कोशिश करेंगे की आगे कुछ पॉलिटिकल लोगों की कुंडली का करें काल कु का एनालिसिस करते है और उम्मीद करते है की वहां पर किसी भी प्रकार की आप लोग जो तो टिप्पणी करेंगे मर्यादित टिप्पणी करेंगे तो अच्छा रहेगा इजाजत मिलते हैं